सत्य स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम इंग्लिश के छोटे छोटे वर्डों को सीखेंगे जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा जो पहला वर्ड है वो कैसे हाउ डाइट किसने कहा हुड किस बारे में अबाउट वाट किसके बारे में अबाउट होम किस तरह से इन वाट वे इसे लो टेक इट जल्दी आओ कमफास्ट देर मत करो डोंट वी लेट यह मुश्किल है वाटा बदर